फूल टेलर के पास जा हट रही है तो सिलाई मार के आ जा अपने जिगरी को कोई छूके तो दिखाए तो तेरे चले चलेंगे। पास हो। अरे क्या हो गया यारे? पूरा चक्कर चल। कोई कुछ नहीं बोलेगा कोई कुछ नहीं बोलेगा ओके कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा यह समझ क्या बोल रहेगा तू इसके साथ मत घूम रहे तो फागल हो जाएगा आने वाले तूफान से पहले एक चांद लेवा खामोशी छा जाती है तुम हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते हम तुम नहीं आप नहीं। तेरा नाम क्या है बालिया क्या डांडिया बालिया बंडिया अच्छा डांडिया एक बात बताओ इस घर में कितने परिवार रहते हैं पंद्रह सोलह परिवार घर बोलते हैं इसको तो जिला नहीं कर देते बोल बे मौत का थारे, थारे, थारे, थारे। मैं हल्के में बोलूंगा तू भारी बो भाई साहब आप साइड हो जाओ आपके पास वैसे टाइम नहीं है आपको है आजी का होटल मार बे शादी है तभी तो मत हुआ। तेरे जैसा नसीब नहीं तू मेरी बात सुनेगा क्या नहीं दिखाऊ अपने हाथ की गर्मी यार। तो कुछ ठंडा है।, है मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ दोनों को दिखाता हूँ तुम कह तुम्हें तो बोला कुछ दिखाता हूँ एक महीने <laughs> नहीं नहीं नहीं नहीं मैम साहब इन लोगों ने आपको नहीं देखा नहीं नहीं देखा पूरा देखा डब्ल्यूटी मंत्री आके मेरे को आवड़ दिया उधरच उधर ने 3-4 दिन बाद में आके दिया आके घर पे दिया पीठ हाँ। पे छपकाया हाँ। बोला तू तो हनुमान तू तो हनुमान ने तू तो हनुमान हां हां वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा मस्करी कर रहा क्या नहीं नहीं मैं फेंक रहा हूं अरे नहीं नहीं नहीं फेंक रहा हूं अरे बिल्कुल सही नहीं फेंक रहा हूं फेंक रहा नहीं मेरे चल एक ये कि नहीं है ए साइकिल घुमा चल जाके किसी और को ढूंढ ले चल Lad bid lad lopiat, bidale. Bidale ne lad bid lad lopiat. Atata bid lad lopiat. Ho toh hum log kaha gaye?